आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो शायद ही ही आपको पता आपको पता पता पता होगी है है है है जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके उसके 10 मिनट बाद अंदर इतने दिमाग का विकास हो जाता कि वो पता लगा सकता है। उसे इतना समझ आता है कि आवाज कहां से आ रही है तो भाई ऐसी